वेलकम टू आई टी आई चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने वर्क ऑफ कैलकुलेशन की एक नई क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें कि आज का टॉपिक है एल सी एम एंड एच मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब हम यहां पर देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले

घुत्तम समाप्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एल मतलब लोअर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा नाम इसका होता है लिस्ट कॉमन इस नाम से भी जानते हैं इसको नेक्स्ट हमारा है एक्सपीएम मतलब हायर कॉमन फैक्टर अब इसका दूसरा नाम क्या है

ये तो हमारे हो गए और HKM, मतलब समापवर्तक और समापवर्तक समापवर्तक अब हम देखेंगे है क्या? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को तो भाग दे अब देखिये जो इसकी लैंग्वेज बोली

संख्याओं का अधिकतम समापो वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित करे दी गई संख्याओं अब एग्जांपल इसका लेंगे। फोर सिक्स एट ये हमारी संख्याएं अब इसमें लिखा दी गई संख्याएं से पूर्णता विभाजित

मान लिया ये हमारी संख्या है चार छह आठ अब इसका आंसर कितना है चौबीस अब देखिए चार से भी चौबीस डिवाइड है छह से भी चौबीस डिवाइड है आठ से भी चौबीस पूरा पूरा डिवाइड है मतलब कि दो या दो तो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाहौर तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करें

ये हमारी संख्या है इन संख्याओं के द्वारा ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है अब मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्वपूर्ण वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे यहां पर तो छोटी से छोटी का और यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या को अब देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया बारह

ठीक है, अब इसमें उल्टा था छोटी छोटी संख्या इसको पूरा पूरा डिवाइड करे मतलब छ से भी हो रहा था आठ से भी हो रहा था अब यहाँ पे उल्टा हो गया अब इस संख्या से यह भी डिवाइड हो रहा

और में इतना ही है। अब हम पे कुछ क्वेश्चन पे सॉल्व जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है 12, 18, 24 का लघुत्तम तक ज्ञापन मेनली तीन टाइप से लघुत्तम तक ज्ञाप किए जाते हैं लेकिन

हम हाँ यहां पर आपको बिल्कुल इजी मेथड से आपको सॉल्व करना बताएंगे क्वेश्चन है 12, 18, चौबीस क्या, क्या निकालना है एलजीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम इनकम फैक्टर करेंगे इस तरीके से अब ये जो फैक्टर

से करना है जो कि अभाज्य मतलब अपने किसी और संख्या से डिवाइड ना करें अब सबसे छोटा केवल क्या है टू हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट टू सिक्स टू नाइन या एटीन टू वन या टू टू टू या फोर जब तक हमारा टू से डिवाइड होगा तब तक, तक, तक टू से करेंगे टू थ्री या

एगा टू सिक्स या ट्री नाइन टू थ्री या सिक्स अब हमारा ये जो है टू से नहीं जाएगा अब हम थ्री से करेंगे थ्री थ्री थ्री थ्री या नाइन थ्री वन या थ्री तो थ्री अब देखिए, थ्री में हमें यान लाना है अब इसका एक्सम क्या होगा अब इन सभी का मल्टीप्लाई करा लेंगे अब देखिए

दो गुणे दोनों चौबीस बारह तीन छह सात हमारा एल्फिया कितना आ गया बहत्तर इस तरीके से हम एलिया निकालेंगे किसी भी संख्या दो या दो से अधिक या दो

लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड 16 और 24 का 16 और 24 का का करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 16 और मतलब चौबीस कामन फैक्टर कैसे निकालेंगे अब इसमें तो एक ही साथ में सभी के फैक्टर निकाल लेते हैं हैं और जो आता मल्टीप्लाई करा देते आंसर

अब जितने जितने होंगे फैक्टर नंबर सबका अलग अलग करेंगे। 16 इसके भी एक मेथड होते हैं, लेकिन जो इजी आपको बताऊंगा। सबसे पहले 16 के फैक्टर दो दूनिक चार आठ दूनी सोलह अब 24 के फैक्टर दो दूसरी चार तीन बारह

चौबीस अब देखिए जिसको टेबल याद होगा, वो क्या दूसरा मेथड क्या है फैक्टर मेथड से, देखिए, ठीक है? इसमें क्या सभी का फैक्टर करा देते

इसमें क्या जितने हमारे नंबर्स दिए उन सभी में से जो कॉमन मिलेगा वह हमारा तो होता है अब देखिए ये हमारा कॉमन हो गया तो टू फिर ये हमारा कॉमन हो गया जो, जो सभी में मिलेगा वही देखें। अब देखें तो, अब देखिए नहीं

छत्तीस बारह चौको अड़तालीस अब इसी तरीके का पढ़ेंगे अब इसमें जो सबसे छोटा होगा तीनों में वही इसका होगा। अब अब दोनों में जो आपको इजी लगे, आप कर सकते

क्वेश्चन है थर्ड लिखा दो संख्यास का महत्तम मतलब लघुतम समाप्त तक सोलह है तथा 16 है यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या की आप करिए इसका एक फार्मूला है जो कि आप नोट कर लें पहली संख्या

मल्टीप्लाई दूसरी संख्या

पद

जो कि कोई भी नंबर हो सकते हैं से बाहर देते

अड़तालीस ठीक है

अट्ठारह दो चार तो आग, दो चौक आठ दो तीन छ पंद्रह नौ बारह नौ दो छह तीन पंद्रह से कट जाएगा थ्री थ्री फाइव या फिफ्टीन थ्री थ्री सिक्स

अब थ्री पांच एक दो अब हम फिर से दो से काट देंगे अब हम काटेंगे पांच लास्ट में हमारा वन आ गया इस तरीके से अब इसका फैक्टर दे तो दो घोड़े दो

तो भाग से आपको करके दिखा रहे हैं सबसे पहले चौबीस बत्तीस चौबीस चौबीस आठ आ गया अब हम इसके बीच का देखें तो बत्तीस चौवालीस एक बार में बत्तीस चार में से दो गया दो बचा एक बचा

बत्तीस बारह दूसरी चौबीस दो बारह चार गया आठ ठीक आठ आठ वन चार दूरी आठ ठीक तो इसका इसका पहले किया इसका, इसका इसका पहले किया ठीक अब इसमें से जो हमारा लास्ट में आएगा इन दोनों के बाद में

अब लघुत्तम निकालना है नहीं लघुत्तम हो गया अब हमें निकालना मानता

निकालिए आप देखिए तीन बटे पांच कौन चार बटे बारह पांच बटे छापर तक तथा लघु तम समाप्त निकालना है अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एच की आई तीन बटे पांच चार बटे बारह

पांच बटे छेंगे तो एच सी एफ, एफ निकालेंगे क्या करेंगे वाले पार्ट निकालेंगे मतलब तीन चार पांच का एच सी एफ बढ़े पांच बारह छ का एलसीए अबे

तीन चार पांच का एचियप क्या होगा तीन चार पांच का क्या होगा? तीन के फैक्टर एक्सिय चार एक से कोई मतलब नहीं एक तो कॉमन है अब पांच का पांच होगा अब देखिए अंत का एच मतलब जब हमारा ना कोई कॉमन है

तो हमेशा वन होता है तो इसका वन आ गया अब पांच बारह छह का अब देखिए दो छह दो, छे। पांच दो, छे। पांच दो छे। पांच तीन छो तीन छीन दिन तीन पांच तो कितना आ गया दो तीन चार तीन बारह पांच छह सात

तो हमारा इसका क्या आ गया इस दिन का एच कितना आ गया हमारा एक बट्टे साठ ठीक अब अगर इसी का एसडीएम निकालना होगा तो इसका एसडीएम निकालेंगे और हम आपको तो निकाल के दिखा रहे हैं अब देखिए तीन बट्टे पांच

चार बटे बारह पांच बटे छ का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे पांच बारह छ का एच ठीक तो हमारा एलसीएम कितना है तीन चार पांच का एलियम कितना आएगा? तीन चार पांच एक चार

ये साठ आ गया एक्सिय आएगा पांच बारह छ का पांच बारह तो पांच का पांच ही होगा दो छह हो गया दो तीन छा अब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं मिला, मतलब इसका एक्सिय वन ठीक तो ये हमारा आ गया साठ

क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि लास्ट है लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे उनतालीस और चौरासी से भाग लेने

में बचे। जब भी ये बचेगा तो सबसे पहले हमें इस इसमें से उतना ही माइनस कर देना। ठीक? तो ये हमारा आ गया 36, ये हमारा हमारा आ आ गया, और गया इक्यासी अब हमें छत्तीस और इक्यासी का महात्म समापन अब देखिए महात्म समापर निकालने के लिए तीन तरीके आपको बताइए कोई भी यूज़

जी जी हम ट्रैक्टर वाला ही करते

टू इसमें टू इसमें तो सबसे पहला क्या आ जाएगा टू इसके बाद में